लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक कैंपस सिलेक्शन के बारे में जानकारी लेकर के आया हुआ हूं कि ये किस कंपनी के द्वारा लिया जा रहा है और इसका पूरा प्रोसेस क्या है ये जो कंपनी है एल एंड टी कंट्रेक्शन स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में यहाँ पर दिया गया है अब ये कंपनी कहाँ पर है और इसमें क्या प्रोसीजर्स होता है ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रशिक्षण के बाद एल एन साइट पर अप्रेंटिसिप एवं रोजगार का मौका अब हम यहाँ देखेंगे ये अहमदाबाद गुजरात में इस कंपनी का कैंपस बना हुआ है ये इंजीनियरिंग निर्माण क्षेत्र में बोर् बेरोजगार उम्मीदवारों के लिए निशुल्क प्रशिक्षण एवं रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराती है और ट्रेनिंग के लिए योग्यता व माप मापदंड क्या है अब यहाँ पर देखेंगे हम जिसकी उम्र सीमा है 19 से 35 साल के बीच हाइट जो है 155 सेंटीमीटर वजन 45 किलो योग्यता बारहवीं या आई, आई फिटर कारपेंटर वेल्डर मेसन डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग के लिए नहीं है जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा या इंजीनियरिंग से किया हुआ ऐसे कैंडिडेट इसमें भाग नहीं ले सकते हैं नेक्स्ट निशुल्क सुविधा दी जाएगी तीन महीने की ट्रेनिंग भोजन निवासी हॉस्टल एवं टूल्स इक्विपमेंट्स डॉक्यूमेंट साथ में ले जाना है यहाँ पे तमाम औरजिनल मार्कशीट सर्टिफिकेट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आधार कार्ड बैंक पासबुक कपड़े व बिस्तर पॉकेट मनी आगे हम देखेंगे रोजगार का अवसर ऐसे प्रोजेक्ट पर हमारा संस्थान 2005 से संचालित हो रहा है हमारे निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कोई वित्तीय मांग नहीं की जाती है जिन कैंडिडेट्स को इसमें प्रशिक्षण लेना है या जॉब करने की इच्छा रखते हैं वे दिए गए कं नंबर पर कॉन्टेक्ट करें और जहां वहां पर जाके अपनी तीन महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करें इसके बाद में उन्हें जॉब प्रोवाइड कराया जा सके और अप्रेंटिसिप भी वहीं पर करने का मौका मिलेगा ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो भी कैंडिडेट्स जाना चाहे वो जा सकता है जाने से पहले कॉन्टैक्ट नंबर से कंफर्मेशन कर ले। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो